गाइस hey एवरीबॉडी स्वागत है आज के ब्लॉग में और आज है कौन सा दिन है भाई <laughs> बता भाई बताना yeah. रे तो हम लोग का दिन का शुरुआत होता है बस ऐसे अभी बन रहा है खाना चावल दाल और सब्जी और ज्यादा अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज यार सब्सक्राइब कीजिए क्या कर रहे हैं आप लोग प्लीज यार सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो बहुत मेहनत है बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं टाइम निकाल कर घूमने जाते हैं वीडियो बना के एडिट करके अपलोड करते हैं और आप लोग सिर्फ देख के छोड़ देते हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए